समझ कर चाँद जिसको आसमाने दिल मेरा खा है समझ कर चाँद जिसको आसमाने दिल मेरा खा है मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है मेरा